अच्छा सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली आप जैसे ये काम शुरू करोगे सबसे मुसीबत पहली क्या सब सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे मेरे जैसे वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक क्या देखने के लिए आना नहीं है उसको सेटल होने देना है फिर वो बड़ी जगह पे जाएगा वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है लेकिन हम नेता लोग आ जाएंगे नेता के जाएंगे टीवी कैमरा वाले आ जाएंगे लेकिन उनको करना है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना तो बोला जाएंगे आप पर दबाव डालेंगे नहीं नहीं ये सब अफसरों को दबाव डेंगे ये आपका काम है किसी को घुसने मतलब मैं जाऊँ तो मुझे भी घुसने मत मतलब <laughs> मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने